तो सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा शुभाशीष देते हुए दिनांक 4 जून 2019 का दैनिक राशिफल कैसा रहेगा इस पर हम चर्चा करेंगे और सबसे पहले आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं दर्शकों कि आज बहुत ज़्यादा विलम्ब हो गया रात में लगभग जो है पौने ग्यारह बजने को हैं तो कुछ कनेक्टिविटी की भी प्रॉब्लम थी और हम बहुत ज़्यादा जो है आज जो है व्यस्तता ज़्यादा थी चलिए दर्शकों कैसा रहेगा पंचांग इस पर दृष्टि डाल लेते हैं लेकिन दर्शकों आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि आप लोग जो है हमसे जबलपुर में मिल सकते हैं सात आठ और नौ तारीख को तो इच्छुक दर्शक जो कोई भी मध्य प्रदेश से हैं जबलपुर से हैं तो आप लोग आकर के मिल सकते हैं और आप सभी लोगों का स्वागत रहेगा इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस बता करके अपनी कुंडली का विश्लेषण अभी करवा सकते हैं हम तो आप लोग फोन कर सकते हैं पंचांग पद दृष्टि डाल लेते हैं तो विक्रम संबत दो हजार छिहत्तर सख्त संबद्ध उन्नीस सौ इकतालीस और चार जून दो मंगलवार दिन रहेगा अः माह की शुक्ल पक्ष है और शुक्ल पक्ष की जो तिथि रहेगी प्रतिपदा रहेगी और करण वक्त व उपरांत बालो उसके उपरांत कौलो रहेगा नक्षत्र जो है मृगशिरा नक्षत्र रहेगा और सूर्योदय की बात करें तो प्रातः पांच बजकर तेईस मिनट पर सूर्योदय होगा और सूर्यास्त होगा शाम को उन्नीस बजकर पंद्रह मिनट पर चंद्रमा का गोचर रहेगा उच्च राशि वृषभ राशि में चंद्रमा का गोचर करेंगे राहुकाल की बात करते हैं तो पंद्रह से सत्रह तक का राहुकाल रहेगा और आज यदि शुभ कार्यों को करना है तो ग्यारह इक्यावन से बारह सैंतालीस तक शुभ कार्यों को आप लोग कर सकते हैं और मंगलवार को दिशाशुल्क की हम बात करते हैं तो उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल भी यात्रा नहीं करने की यदि आवश्यक हो तो कोशिश कीजिएगा कि गुड़ खा करके और जल पी करके तब यात्रा करिएगा कई लोग पूछने बहुत देर हो गई तो छवा प्रार्थी है कनेक्टिविटी की कुछ प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए नहीं आ पाए और आज थोड़ा लेट भी हो गया आने में मेष राशि की ओर बढ़ते हैं कैसा रहेगा मेष राशि के जातकों का आज का दिन लेकिन हाँ एक बात और आप लोगों को सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि आज जो है चार जून के दिन दर्शकों सात राशि के लोग बहुत बेहद सावधान हो जाए अन्यथा बड़ी दिक्कत हो जाएगी बाकी तो पांच राशियों पर जो है आज मेहरबान रहेंगे ही रहेंगे दर्शकों कल परसों हमने हमने मॉर्निंग में डाली थी थी और देख लीजिए जो जो जैसे जैसे हमने की कि तो प्रसन्नता किसी को नहीं होगी लेकिन क्या करें दर्शकों शनि जब धनु राशि में रहेंगे केतु के साथ तो आतंक में जाएंगे दूसरा मंगल और राहु राहु उच्चगत हो गए हैं और समझ लीजिए दो जो है मतलब एक बदमाश था उसके साथ एक और जो है सेनापति के, तो से। के जंगलों में, में। को को मतलब, उधर गल्फ कंट्री में बमबारी हुई थी उसमें जो है तीस पैतीस लोग मारे गए हैं फिर आज एक अभी खबर सुनने को मिली हमने चूंकि बताया था कि वायुयान से रिलेटेड कोई जो है दुर्घटना भारत के परिप्रेक्ष में होगी तो अरुणाचल प्रदेश से इंडियन एयरफोर्स का कोई विमान था पंद्रह सोलह लोग उसमें सवार थे वो भी आज गायब हो गया तो तमाम विभत्स घटनाएं हो रही हैं मन बड़ा जो है आशंकित हो रहा है और हमें भी इस बीच यात्रा करनी रहेगी जो है तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है चलिए मेष राशि की और बात करते हैं तो मेष राशि के जात आज जॉब में परिवर्तन दिखा रहा है इसके साथ साथ आज अधिकारियों का आपको सपोर्ट अच्छा मिलेगा आज आपको गुणवत्ता पर जोरदार प्रदर्शन आपको करना पड़ेगा और आत्मनिरीक्षण का आज समय है आपके अंदर जो कमियां हैं उनसे सीख करके आज आगे बढ़ने की सितारे सलाह दे रहे हैं और आपके आज जो है क्या कहते हैं गहन विचार आपको हालाकि आएंगे और आगे आने वाले समय मदद करेंगे पारिवारिक सदस्यों के न्यायालय दिक्कत का सामना करना पड़ेगा तो उपाय क्या करना रहेगा मेष राशि के जातकों को तो मेष राशि के जातकों आज के दिन प्रयास करिए कि हनुमान जी को आज जाना गुलाब का फूल आपको भेंट करना है और हनुमान चालीसा का एक पाठ आपको करके तबाना है शुभ कलर जो रहेगा यह रहेगा आपके लिए रेड शुभ अंक रहेगा आपके लिए रहेगा अंक एक हमारी अगली राशि जो आती है आती है वृषभ राशि कैसा रहेगा वृषभ राशि के लिए तो वृषभ राशि के जात को आज यदि अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है तभी किसी नए प्रोजेक्ट में हाथ डालिएगा अन्यथा हानि उठाते हुए आप आज दिख रहे हैं तो संदेह प्रोजेक्ट में यदि हाथ नहीं डाल हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा और कानूनी पचड़ों से आज अपने अपने आप को को घिरा हुआ पाते हुए नजर आएंगे सामाजिक संपर्कों मजबूत करने के लिए अपने और का उपयोग करिए आज आपकी आर्थिक और व्यवसायिक स्थिति में सुधार होगा पैतृक संपत्ति आज आपके सुख में इजाफा करेगी पारिवारिक सदस्यों से असहमति के कारण मन अनिश्चितताओं और अवांछित तनाव से भरा रहेगा मां की सेहत का ख्याल रखिएगा और नियमित जो है जो मतलब जो है चिकित्सीय परामर्श होती है उसको जरूर कराइएगा माता के स्वास्थ्य को लेकर के आज ज्यादा कष्ट होता हुआ दिख रहा धार्मिक यात्राओं का योग ऋषभ राशि के जातकों को दिख रहा आज कोई आप लोग जो है धार्मिक कार्य क्रियाकलाप कराते हुए नजर आएंगे वैसे ज्येष्ठ का बड़ा मंगल है हो सकता है तमाम ऋषभ राशि के जातक भंडारा वगैरह कराते हुए आज नजर आए उपाय के तौर तो पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा गरीबों को आज भोजन कराइए और मीठा शर्बत यदि बांट सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा शुभ कलर जो रहेगा ये आपके लिए रहेगा ऑरेंज शुभ अंक जो रहेगा ये आपके लिए रहेगा दो हमारी अगली राशि आती है ये आती है मिथुन राशि कैसा रहेगा मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन तो आज के दिन मिथुन राशि के जो हमारे जातक रहेंगे इनको जो है हाँ थोड़ी सी यात्राओं में दिक्कत होती हुई दिखाई पड़ रही बाकी बड़े, बड़े भाइयों से आज इनको सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा व्यवसायिक संदर्भ में आज, आज आपको काफी लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं कार्य क्षेत्र के लिहाज से यदि हम बात करें यदि आप सरकारी सेवा में भी कार्य कर रहे हैं तो आज, आज आपको यात्राएं करनी पड़ेगी व्यावसायिक संदर्भ में आज, आज आपको थोड़ा सा जो है आत्मंथन करने की जरूरत है छात्रों को अत्यधिक आज परिश्रम करते हुए यहाँ पर सितारे दिखा रहे हैं और आज समाज में कुछ महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं कोई धार्मिक क्रियाकलापों में, में गतिविधियों में शामिल होते हुए नजर आएंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा मिथुन राशि के जातकों तो मिथुन राशि के जातकों आज के दिन हनुमान अष्टक का आप लोग पाठ करिए और छोटी कन्याओं को कुछ मीठा आज आपको खिलाना रहेगा हमारी अगली राशि आती है ये आती है कर्क राशि कैसा रहेगा कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन और फोन हमने ऑन कर लिया आप लोग फोन कर सकते हैं कर्क राशि के जात को आज आप अपने भविष्य और स्वास्थ्य के बारे में बहुत अधिक जिज्ञासु रहेंगे और उचित लोगों के साथ परामर्श करेंगे प्रचुर आर्थिक मात्रा के आज संकेत मिले धन संबंधी आज आपको बड़ा अधिक लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है काम या परिवार के भीतर संभावित द्वंद नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं निवेश की दृष्टि से आज दिन शुभ है पूर्व में किए गए निवेश आज, आज आपको अच्छे परिणाम देंगे छात्रवर्ग उच्च शिक्षा के लिए यदि बाहर जाना चाहते हैं तो आप लोग अप्लाई आज के दिन कर सकते हैं और कर्क राशि के जातक आज उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज पीपल के वृक्ष पर आपको जल में थोड़ा सा गोल डालना है और फिर आपको अर्पण करना रहेगा शुभ कलर जो आपका रहेगा ये व्हाइट रहेगा शुभ अंक रहेगा ये आपका रहेगा पांच सिंह पर आगे बढ़े उससे पहले दर्शकों को एक आवश्यक सूचना ये देने की हो सकता है कि पंद्रह चौदह पंद्रह सोलह हमारा बनारस का था लेकिन पंद्रह की शाम और सोलह को हम दिल्ली में आ जाए और 14-15 ही बना रहे हैं तो आप लोग इच्छुक दर्शक जो कोई दिल्ली से भी हैं तो आप लोग जानकारी ले लीजिए और फाइनल हम अनाउंस कर देंगे तो जो दिल्ली के दर्शक हैं, वो लोग भी हमसे मिल सकते हैं और एक फोन कॉल तब तक ले लेते हैं हेलो हेलो हाँ जी हेलो हाँ बोलिए सुन रहे हैं हाँ पर... हेलोत हाँ, हाँ जी प्रसन्न रही है सर जी हम महिमा बोल रहे हैं जी आसगढ़ जिला से जी ये हमारा जन्म चौदह अक्टूबर उन्नीस को हुआ है जी सर हम अपनी नौकरी के बारे में जानना है। चाहते हैं गवर्नमेंट क्या जॉब लगेगी हमको टाइम क्या है जी समय क्या है डेढ़ बजे दोपहर सरकारी नौकरी आप कर रही होंगी या आप कोई एजुकेशन से रिलेटेड कार्य कर रही होंगी अभी आप क्या कर रही हैं अभी तो हम कुछ नहीं कर, है, तैयारी कर है, में रहे हैं शिक्षा हाँ तो आपको जॉब मिलेगी तो बताइए बताएंगे शिवलिंग पर जल से अभिषेक किया करिए और शिवलिंग पर जल है और पूरी पूर्णिमा का व्रत रहिए सिंह राशि के जात को आज का दिन अपने आप में काफी विवादास्पद साबित होता हुआ नजर आएगा इसके साथ साथ आज आप अपने जो बड़े लोग हैं घर में बुजुर्ग लोग हैं उनकी यदि आप उपेक्षा करते हैं तो आपको आज बहुत ज्यादा नुकसान प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो बड़े बुजुर्गों की उपेक्षा करने से आज आपको बचना रहिएगा अपनी वाड़ी पर आज आपको संयम रखने के सितारे सलाह दे रहे हैं और आज पैसों से रिलेटेड आपको थोड़ी सी मूखी खानी पड़ पड़ सकती है और पैसों से रिलेटेड कोई दिक्कत आएगी सहकर्मियों के साथ अपनी योजनाएं यदि आप बना रहे हैं तो खुलासा मत करिएगा कुछ बातें गुप्त रखी जाती सिंह राश के जातकों तो गुप्त ही रखिएगा उच्च अधिकारियों के सामने आज बहुत ज्यादा मत पड़िएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आज के दिन जो है धार्मिक यात्राओं का योग बन रहा है किसी धार्मिक क्रियाकलाप में भी आज आपकी संगिपता रहेगी उपाय के तौर पर सिंह राशि के जातकों को करना क्या रहेगा तो सिंह राशि के जातको आज सुंदर का आपको पाठ करना रहेगा और ब्लैक कलर को व्हाइट करिएगा शुभ कलर आज आपका येलो रहेगा पीला रंग रहेगा शुभ अंक आपका जो है नौ रहेगा और कन्या राशि की ओर आगे बढ़ते हैं और तमाम हमारे दर्शक देखे जुड़ गए हैं आ, सत्यम झा जी हैं और अंजलि जी हैं और शुभम मिश्रा जी अमेठी है, से हैं गरिमा राय जी हैं राजनाथ सिंह जी इन सभी को हमारा राम राम, राम रश्मि दुबे जी हैं अंकित तोमर जी हैं दिलीप साहू जी हैं और आ, बस इतने लोग हैं विष्णु जी हैं सभी लोगों को हमारी राम राम कन्याराज के जात को आज आपको अपने व्यवसाय और अन्य से लगातार लाभ और मुनाफा प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज आप अपने अधिन के समर्थन का आनंद लेंगे जी हां आज वो आपको जो है सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे साझेदारी भी स्थिर रहेगी किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के बाद आज आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुए नजर आएंगे आ, किसी पारिवारिक सदस्य के स्वास्थ्य की यदि कोई गिरावट होती है उससे आज आप बड़े ज्यादा चिंतित होते हुए दिख रहे हैं आपके परिवार में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है आपको दिल की बजाय दिमाग से आज सोचने की सितारे यहाँ सलाह दे रहे हैं कन्या राशि के जो हमारे जातक रहेंगे आज के दिन आप लोग जीवन साथी के साथ कुछ संबंध आपके मधुर नहीं रहेंगे बात विवाद हो सकता है तो इससे आपको बचना रहेगा किसी नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है अविवाहित लोगों को कोई विवाह का प्रस्ताव भी आज प्राप्त होता हुआ नजर आएगा उपाय क्या करना रहेगा उपाय के तौर पर आज आप गणपति शीर्ष का पाठ करिए और यदि हो सके तो आज के दिन आप लोग जो है दूध का दान यदि करते हैं तो बेहतर रहेगा शुभ कलर आपके लिए ग्रीन रहेगा शुभ अंक आपके लिए तीन रहेगा तुला राशि के लिए हमारे सितारे क्या कहते हैं एक फोन कॉल ले लेते ले हैं हलो हलो तो यदि किसी को बोलना ना हो तो प्लीज आप लोग फोन मत किया करिए तुला राशि के जातको आज आपको ज्वाइंट पेन से रिलेटेड हड्डियों से रिलेटेड और इवन किडनी किडनी से रिलेटेड आज आपको जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुश्किल परेशानी हो सकती है और आज कोर्ट केस में जो है कोई चिंता का विषय हो सकता है कोर्ट में यदि कोई आपका मुकदमा चल रहा है तो उसको लेकर भी आज बहुत ज़्यादा चिंता का विषय साबित हो सकता है सरकार या उच्च अधिकारियों से अच्छे समर्थन की उम्मीद ना करिएगा टैक्स संबंधी मामले में आज आप बहुत पचड़े में फंस सकते हैं अपनी गुप्त बातें किसी को मत बताइएगा अन्यथा वो बातें उजागर हो सकती हैं जीवनसाथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद आज होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज प्रयास करिएगा कि आप लोग जो है ए, हनुमान हनुमान चालीसा का तीन बार पाठ करिए और हनुमान जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाइए शुभ कलर आपका रहेगा ब्लू शुभ अंक आपका रहेगा नौ हमारी अगली राशि आती है आती है वृश्चिक राशि तो कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन तो लंबे समय से प्रतीक्षित कानून कानूनी मुद्दे जो हैं इसमें आज आकस्मिक कोई निर्णय आ सकता है और आपको आश्चर्यित करेगा आपको उम्मीद नहीं होगी परिवार आपके लिए प्राथमिक है और प्राथमिक रहेगा आज उन्हें आप प्रसन्न करने के लिए किसी भी हद तक आप लोग जा सकते हैं नौकरी के मोर्चे पर बदलाव या स्थानांतरण के लिए अच्छा समय है नई प्रतिबद्धताओं को बाद में लिया जा सकता है इसके साथ साथ यात्राएं आज आपके कार्यक्रम में शामिल हो सकती है किसी धार्मिक क्रियाकलाप में आज, आज आप भाग सकते हैं कार्यक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए आज, आज आप नए लोगों से मिल सकते हैं कुछ लोगों द्वारा दिए गए नवीन विचार आज, आज आपके कार्यो में सहयोग करेंगे प्रातःकाल से यात्राओं का योग है और कई प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आ जाते हुए आप लोग दिखाई पड़ेंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो पहली बात तो उत्तर दिशा की ओर आपको निकलना नहीं है दूसरा आज करना ये रहेगा कि हाँ हनुमान जी को आप आज लॉन्ग जो है दो लॉन्ग ले लीजिएगा और उसको चढ़ा दीजिएगा और यदि हो सके तो सुंदर कांड का यदि तो अच्छा रहेगा शुभ कलर जो रहेगा आपके लिए अनुकूल रहेगा रहेगा तो में विस्तार के लिए समानांतर रास्ते मिलेंगे आपको नए कौशल विकसित करने का अवसर प्राप्त होता हुआ दिखेगा जो आपकी नई जिम्मेदारियों को समझने और संभालने में काम आएगा छात्र का प्रदर्शन संतोषजनक रहेगा माता पिता अपने बच्चों के प्रदर्शन सन के बारे में खुश रहेंगे आप में से कुछ को नए क्षेत्रों में उद्यम करने का अवसर प्राप्त होगा और अपने प्रयासों से सफल रहेंगे टेलीविजन मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन से संबंधित लोग अच्छा कार्य करते हुए नजर आएंगे हां आज कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गैजेट भी परचेस करेंगे और जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक यात्राओं पर घूमने जा सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा आज के दिन आप लोग कोशिश कीजिए कि गाय को गुड़ और रोटी खिलाइए और यदि हो सके तो बाहर पंछियों के लिए जल की व्यवस्था आप लोग करिए तो बहुत अच्छा रहेगा शुभ कलर जो रहेगा ये आपके लिए रहेगा वाइट शुभ अंक रहेगा आपके लिए तीन तो अगली राशि पर बढ़ते हैं लेकिन एक फोन कॉल ले लेते हैं हेलो हेलो हाँ जी हाँ सर मेरा नाम आनंद कुमार जी बताइए सताईस मई उन्नीस सौ अट्ठानवे जी टाइम है सर पाँच बजकर पंद्रह मिनट सुबह करते हैं जी सर प्लेस है मुजफ्फरपुर बिहार सर पूछना था सर सर कैरियर कैसा रहेगा सर मैं बीटेक कर रहा हूँ सर ठीक, ठीक है सर और सर और सर नीचे राज नहीं सर ये पूछना था ये जो शनि नीच का है ना यस सर तो सर शनि का वो शनि का स्थान दूसरे स्थान में बैठा केंद्र में बैठा हुआ है ना उसका घर का इसलिए सर पूछ रहा हा बन रहा है दूसरा आपकी कुंडली में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग भी बन रहा है दूसरा अमावस्या योग भी बन रहा है ठीक है जी चौथा बुद्ध शुक्र का चौथा बुद्ध शुक्र का जो है लक्ष्मी नारायण योग के बारे में आपने सुना होगा यस। तो बुद्ध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है अनफा योग भी आपका बन रहा है आपके कुंडली में पर्वत योग भी बन रहा है शंख योग भी बन रहा है देखिए पंचमेश और यदि एक दूसरे लग्नेश यद राजयोग आपकी कुंडली में बिल्कुल बन रहा है अब बताइए देखिये कैरियर आप एक जगह नहीं रह पाएंगे दो तीन चार जगह आप अलग अलग जो है जॉब करते हुए नजर आएंगे एक जगह आप स्थिर नहीं रह सकते हैं। सर जॉब नहीं पॉसिबल है यार अब सब डिविजनल देखना पड़ेगा इतना समय देखिए नहीं है तो एक बात और बता दें 2020 हजार बीस के बाद सर। आपको अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी सर दो हजार बीस के बाद राहुल खत्म हो जाएगी जुपिटर की आएगी दो में आएगी जुपिटर में फरवरी माह में तो ये आपके लिए ठीक रहेगी हो सकता है आप सेटल हो और विशेषकर गल्फ कंट्री में जाएंगे या जहां पर बर्फ पड़ेगी वहां जाएंगे ठीक है जी तो किस राशि पर थे मकर राशि पर तो मकर राशि के जातकों आज आप तर्कपूर्ण और बहुत ज़्यादा जिद्दी हो सकते हैं आज आप स्वयं को मुश्किल परिस्थितियों में पा सकते हैं जहाँ तक हो सके तो तर्क वितर्क से दूर रहिएगा पारिवारिक सदस्य तीर्थ यात्राओं पर जा सकते हैं जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मकर राशि के जातकों को प्राप्त होगा आर्थिक संदर्भ में आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा आज विदेश यात्रा का योग बन रहा है सुदूर देशों की आज, आज आप यात्रा करेंगे स्वास्थ्य आज आपका अच्छा रहेगा संतान आज आज आपके कहने में आएगी और आज कोई नए निवेश से आपको बचना रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा मकर राशि के जातकों को तो मकर राशि के जातकों सिद्ध का स्त्रोत का आज आप लोग पाठ करिए और यदि हो सके तो गुड़ का दान आप लोग धर्म स्थान पर करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्राउन शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक हमारी अगली राशि आती है कुंभ राशि तो कुंभ राशि के जब कानून या राइटर जो लोग लेखन का कार्य करते हैं इनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा सफलता वाला जो है समय रहेगा और स्थल पर आज कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और आज मामा के साथ या छोटे भाई के साथ कुछ बात विवाद होता हुआ नजर आएगा नए संपर्कों या उपक्रमों से निपटने के दौरान आज आपको अंतर्ज्ञान काम आएगा धैर्य एवं संयम के साथ जीवन की मुश्किल परिस्थितियों को आज आपको हल करना रहेगा और आज आपके अधीनस्थ अनावश्यक बह, बहस करते हुए नजर आएंगे किसी नए पार्टनरशिप में आज आपको बचना रहेगा तो ये करना है कुंभ राशि के जातकों को कुंभ के जात को आज करना करना क्या रहेगा तो चार अंतिम राशि पर चलते हैं लेकिन दर्शकों बताना चाहेंगे कि की शाम और सोलह को दिल्ली में रहेंगे और चौदह पंद्रह बनारस रहेंगे तो इच्छुक दर्शक जो कोई भी आप लोग मिल सकते हैं और एक कोई लिखा है तो सत्यम झा जी हैं कि सर आपका राशिफल कुछ गलत होता है तो भाई साहब आप मत देखिए अगर गलत होता है तो तमाम लोग देखते हैं उनका तो सही होता है और अगर आपको अपने भविष्य के बारे में जानना है तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए अंकित तोमर पूछते हैं फोन नंबर क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिए पंकज मिश्रा जी सिद्धार्थनगर से, से हैं पंकज जी नमस्कार जी आपकी इलेक्शन की प्रडिक्शन बिल्कुल सटीक आपको साधु पंकज जी साधुवाद हमें क्या दे रहे हैं हुई है वही जो राम रचि रखा जो राम ने रचा है वही हो रहा है वही हम बता रहे हैं तो अंतिम राशि पर चलते हैं मीन राशि और सात आठ नौ जबलपुर रहेंगे इसमें कोई परिवर्तन नहीं है जबलपुर पहुंच रहे हैं तो इच्छुक दर्शक जबलपुर वाले आ सकते हैं मीन राश के जातकों आज खुशियों के साथ दिन की शुरुआत हो सकती है नौकरी पेशा जातकों को तरक्की मिल सकती है व्यापारी एवं व्यवसायियों के लिए व्यापार में बेहतरी हो सकती है आज आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार और आय में वृद्धि के मजबूत संकेत है पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा और अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं आज आप दान धर्म के कामों में शामिल होंगे दोस्तों और शुभ के साथ मौन बस्ती में समय गुजारेंगे आज हॉस्पिटल के भी कुछ चक्कर लग सकते हैं आपके अपने नहीं किसी को जो है मतलब हो सकता है कि हेल्प के लिए आप लेकर चले जाएं तो ये सब आज आपकी का योग है कुल संतान पक्षा आज आज चिंतित करना क्या रहेगा तो आज के दिन आप लोग पक्षियों को कुछ जो है अनाज या दाना डालिए और यदि हो सके तो आज गाय को जो है रोटी जब दीजिएगा तो गुड़ लगा करके दीजिएगा हनुमान चालीसा का पाठ मनन करिए चाहे जिस यात्रा में आप जा रहे हैं निकलने से पहले करिए बहुत अच्छा रहेगा शुभ कलर जो रहेगा ये आपके लिए रहेगा येलो शुभ अंक रहेगा आपके लिए एक रहेगा और तो दर्शकों दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और कल से जो है हो सकता है हमारा जो है प्रीलोडेड राशिफल आए तो आप लोग उसका भी जो है प्रॉपर वो रहेगा लाइन ना पाए तमाम कार्य वगैरह हैं तो कुछ राशिफल हमने प्रीलोडेड कर दिया है तो दीजिए इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए अजय जी गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स और